है है ये अपने अपने घर जा रहे हैं पता नहीं नहीं नहीं कैसे गए फैमिली वाले कोई कोई कोई बात बात बात हो हो जाता जाता आप आप देखिए परिवार नहीं। को देख करके चिंता मत मत करो करो टेंशन आ, हो जाता कोई बात वाले है। वाले है। क्या नाम है आपका कहाँ से आए कौन लगती हैं? आप है। कितने दिन पहले एक महीना एक, एक महीना कोई बात नहीं मिल गए ये बहुत बड़ी बात है और ये संस्था की वजह से मिले हो इनकी इतनी सेवा है क्या नाम है माता जी आपका जना घरानी चावल कहाँ की रहने वाली हैं ये कौन लगते हैं आपको लगते। आ, कैसे निकल गए घर से क्या हुआ इनका एक्चुअली चार बार पहले निकल चुके हैं इनका कोई पता नहीं लगता हम लोग ताला मार के भी रखते थे एक दिन वो मिस्त्री लगे हुए थे हमारे घर और ये पता नहीं कैसे निकल गए जी। कितना समय एक महीना एक महीना तो फिर आपने इनको कहाँ कहाँ ढूंढा हमने पूरे फेसबुक में इनको ढूंढाड की साठ साठ ग्रुपों में इनको वो किया उसके बाद हमने हरद्वार में पोस्टर लगवाए हरद्वार के बाद हमने गढ़गंगा में पोस्टर लगवाए पर अब हमें वो था कि कैसे और बिटिया की हिम्मत थी कि इसने वेबसाइट आपकी देखी फिर इसने उसमें वो बनाई अकाउंट बनाया अकाउंट के कारण इनका पता लगा आपके से अपने घर से उन्होंने आप लोगों ने फोटो डाली होगी इसने लाइक की तो देखा पहले थोड़ा सी आ रही थी फिर इसने पूरी लाइक की तो लगा कि हमारा बंदा हमारा है फिर उसके बाद हमें यहाँ का फोन नंबर इसने सर्च मारा जी आप लोगों से बात की कल इनकी वीडियो कॉल पे बात कराई बेटिया जी तो लगा के बंदा मिल गया तो यहाँ आप कब कब के आए हुए हम आज सुबह ही आए हैं तो लेने आए हैं तो आपने तो कैसे इनको सर्च किया है यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको मिसिंग पर्सन करके एक वेबसाइट पे अकाउंट बनाया था तो उसमें मैचिंग पर्सन की फ़ोटो थी तो परसों ही मैंने चेक किया तो इनसे इनसे मिलते जुलती एक फ़ोटो थी जो तो आप लोगों ने फेसबुक पर डाली फिर हमें वहाँ क्राइम ब्रांच वालों ने बुलाया उन्होंने बताया कि मैंने गूगल से एड्रेस निकाला और फिर उन्होंने इनसे वीडियो कॉल पर भी बात कराई थी चलिए तो अब आपको आपके पापा मिल गए हैं आप कैसा फील कर रहे हैं थैंक यू नहीं ऐसी कोई भी होती है हमने बहुत किया महीने बाद ये आप देख सकते हैं ये जब भी कोई प्रभु जी संस्था में प्रवेश करते हैं तो उनका फ़ोटो जो है अपलोड किया जाता है केवल इसी वजह से ताकि उनके परिवार वाले उस फोटो को देख सकें या कोई उनका जानने वाला देख सके और इसी तो तो के तो। उनके परिवार तक उनकी फोटो या वीडियो जो है वो पहुंचती है लाइव के माध्यम से या फिर हम पेज के माध्यम से इस तरह ओ, ना। क्या नाम है आपका आ, क्या नाम है के लिए नाम नाम नाम हैावला फिलहाल चावला, एमेल चावला।, एमेल चावला। मुकुंदलाल चावला मुकुंदलाल चावला कौन है ये ये कौन है पूछो मैं मैं पूछ मैं मैं कौन कौन कौन पूछ रहे हैं ये बेटी है जाओगे इनके साथ <laughs> चे, चे, चे। ये देखो पूरा परिवार जो से और ये अपने घर जाना चाहते हैं इनकी कार्यवाही करा लो थ्री एम एस चावला प्रभु जी है जो आज से दस दिन पहले ही हमारे यहाँ आए थे और अभी उनको उनके परिवार को सपोर्ट किया जा हैं चेहरे पे खुशी है परिवार को तो सदस्य जो वो मिल गए हैं दवाइयाँ बता है। दो जाकर प्रभु जी की जो भी दवाइयाँ यहाँ चलती हैं सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होता है उसके आधार पर दवाइयाँ दी जाती हैं और जो भी दवाइयाँ हैं उनको समझाई जा रही है अभी प्रभु जी की कार्रवाई करेंगे और उसके बाद में सपोर्ट करेंगे देंगे दिन भर में पाँच से सात प्रभु जी जो हैं अपने घर चले जाते हैं यहाँ से साथियों इसी तरह से जो है परिवार यहाँ घूमने आते हैं अपने परिवारिकनों को और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकाल प्रणाम सा